हेलो दोस्तों हम आज आपको बताएंगे कि अब आप अपने पे अकाउंट से किस प्रकार से गैस बुकिंग कर सकते हैं क्योंकि आपके पे में यह एक नई सर्विस ऐड करी गई है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है लेकिन फिर भी हम इसके बारे में आपको बताते हैं कि अब आप अपने पे अकाउंट से किस प्रकार से गैस बुकिंग कर सकते हैं चाहे वह इंडियन गैस हो या एच गैस हो भारत गैस हो किसी भी गैस को आप बुक कर सकते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने पे अकाउंट पे जाना होगा तो अमूमन ज़्यादातर सभी लोगों का पे अकाउंट बना होता है वो आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए पे ही सर्विस ज़्यादा यूज़ करी जाती है तो इसके लिए आप पे पर जाएं कंफर्म करें जैसे ही आप कन्फर्म करेंगे तो आप देख सकते हैं आप पे के अकाउंट पर आ गए हैं अब यहाँ पर आपको लास्ट में नीचे इस्क्रॉल करके आना है और यहाँ पर आपको देखना है बुक गैस सिलेंडर तो ये गैस सिलेंडर का जो नया ऑप्शन आया है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बुक गैस सिलेंडर और ये इंडियन गैस एच गैस भारत गैस भारत गैस बीपीसी कमर्शियल यानी जो जो गैस की सर्विस है, वो यहाँ पर आ चुकी हैं तो आप देख सकते हैं पे गैस बिल अगर आप जो है ऐस का बिल अगर आप जो पाइपलाइन के माध्यम से जो गैस आजकल घर घर लगाई जा रही है तो उसको आप पे भी कर सकते हैं और ये बुक ए गैस सिलेंडर तो यहाँ पे आपको बुक ए गैस सिलेंडर पे क्लिक रहने देना है उसके बाद जिस भी कंपनी का आपका सिलेंडर हो उस सिलेंडर पर आपको क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए इंडियन ज़्यादातर लोगों के पास इंडियन ही होता है या अगर एच है तो आप एच पे क्लिक करें भारत है तो भारत पर क्लिक करें तो दोस्तों हमारे पास मान लीजिए इंडियन है तो हम इंडियन पर क्लिक करेंगे जैसे ही हम इंडियन पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे लिख करके आ गया है मोबाइल नंबर तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं जैसे ही आप इस चेंज पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप कंज्यूमर नंबर और डीलर कोड के माध्यम से भी यहाँ पर बुक कर सकते हैं उसके बाद एलपीजी पी अगर आपके पास एल पी है तो आप अपने कागज़ पर देख सकते हैं गैस के कागज पर एल पी लिखी होती है वो डाल करके आप बुक कर सकते हैं और उसके बाद मोबाइल नंबर तो सबसे बेस्ट मोबाइल नंबर होता है जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आपके गैस बुकिंग में तो आप उसी को यहां पर क्लिक करें तो हमने ये मोबाइल नंबर सेव कर दिया है और उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अब आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो जो गैस सिलेंडर पे आपका चढ़ा हुआ हो तो उस नंबर को यहां पर क्लिक करना है यानी उस नंबर को आपको यहां पर दर्ज करना है तो आप देख सकते हैं हमने अपना नंबर दर्ज कर दिया है दर्ज करने के बाद ये निक ये आपका निकनेम ऑप्शनल है और आप ये वाइब सैंपल बिल यहाँ पर आप अपना बिल भी सैंपल देख सकते हैं इसके बाद निकनेम नेम यह ऑप्शनल है आप अगर चाहें तो इसको सेव भी कर सकते हैं के बाद आपको यहाँ पे यह देख सकते हैं प्रोसीड इस प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका इंडियन गैस इंडियन गैस एजेंसी में जहां पर भी आपका नाम होगा वो यहां पर आ जाएगा और आप देख सकते हैं गैस प्रोवाइडर का भी नाम आ गया है और कंज्यूमर नंबर ये आपका आ गया है डिलीवरी एड्रेस जहां पे आपको डिलीवरी होना है वो भी आ गया है और एजेंसी नेम कि आपकी कौन सी एजेंसी है किस ज़िले में है तो ये देख सकते हैं आप इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं आपका जितना भी गैस का रेड होगा वो यहाँ पर लिख करके आ जाएगा और इसके बाद ये अप्लाई कैशबैक ऑफर अगर आप चाहें तो ये कैशबैक ऑफ़र अप्लाई कर सकते हैं वरना आप ये देख सकते हैं प्रोसीड टू पे इस पे आपको क्लिक करना है तो चलिए दोस्तों हम क्लिक कर देते हैं आपको पे कर देना है जैसे ही हम प्ले पे पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं पेमेंट गेटवे हो रहा है तो दोस्तों आप देख सकते हैं जब आप वहाँ से पेमेंट गेट से जब आप बैक आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो भी आपने जिस दिन भी बुक किया है उस दिन की आपको डेट यहाँ पे मिल जाएगी जिस नाम से आपका गैस कनेक्शन रहा होगा वो यहाँ पर नाम से हो जाएगा और आपका मोबाइल नंबर उसके बाद आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है ट्रैक तो इस पर आप क्लिक करके अपने सिलेंडर को ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपकी बुकिंग कितनी समय हुई कैश मेमू कब जनरेट हुआ डिलीवरी का भी स्टेटस डिलीवरी स्टेटस देख सकते हैं कि आपकी डिलीवरी कब हुई और एजेंसी डिटेल तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एजेंसी का पूरी डिटेल आ जाएगी